प्लीज़ वेलकम बैक दोस्तों आज हम लोग इसी टाइप की एडिटिंग करेंगे अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है Instagram पे तो आप लोग उससे पहले मुझे फॉलो कर सकते हो Instagram पे मैं यहाँ पे ट्रेंडिंग वीडियो का फिल्टर डालते रहता हूँ आप और मेरा YouTube चैनल है आप लोग उसे भी जा कर सब्सक्राइब कर सकते हो सभी वीडियो को चेक कर सकते हो पेंटिंग वाला डील ट्रेंड जो है वो भी मैंने बनाया है और फिर मनी रेन वाला है वो भी बनाया है और बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो, तो आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगा एक ऐप का जिससे आपका वीडियो बहुत ही सिंपल स्टेप में बन जाए आपको भी का कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसमें फ़ोटो एड करना है फिर एडिट करना है ये वो इफेक्ट डालना है बस सिंपल आपको फ़ोटो एड करना है इसमें फ़ोटो एड करते ही आपका वीडियो ये सबसे पहले आप लोग को जाके प्ले स्टोर पर जाके एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है एम एस टी तो ये एम ए एस टी नाम है ये वाला ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे जाके आप देखेंगे ये एम एस टी ये वाला लोगो लगल लग है पिंक कलर का तो आप लोग ये ऐप को डाउनलोड करके उसके बाद इसे ओपन कर लेंगे तो जैसे हम लोग ओपन करेंगे सबसे पहले हमारा ऐसा इंटरफेस आएगा जो भी एड आएगा उसको हम लोग स्किप कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ट्रेंडिंग फिल्ट ट्रेंडिंग इफेक्ट है तो आप लोग इसे भी यूज़ कर सकते हैं तो पे एक पर भी क्लिक नहीं करना है सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे सर्च टेम्पलेट दिखाएँ सर्च टेम्पलेट पे क्लिक करना है सर्च टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे हम लोग जैसे ही उसके बाद हम लोग को यहाँ पर सर्च करना है एक की है पी ए एन पी ए एन सर्च करना है उसके बाद यू एम और फिर जीरो नहीं डालना यू एम सेवन फिर O डालना यू एम सेवन ओ पी ए एन यू एम सेवन ओ इसका हम लोग सिंपली यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला जो यहाँ पर एक ही है आपको ये वाला दिख रहा है यू एम सेवन ओ करके जो आप लोगों को यही ट्रेंड पे बनाना है बस इसमें कुछ भी नहीं करना भी है ना कि उसमें फ़ोटो एडिट करेंगे फिर इफेक्ट एडिट करेंगे इसमें सिंपल सब कुछ हो जाएगा तो आप लोग इस पर क्लिक कर देना जो आप लोग यहाँ दिख रहा है हम फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा यूज लिखा होगा आप लोग को अपना फोटो जो भी सेलेक्ट करना यहाँ पर ये सेलेक्ट करता हूँ एक दो तीन चार पाँच छ आठ फोटो उसमें बोला जाता है सेलेक्ट करने के लिए तो और मैं कर लेता हूँ छ सात आठ आठ फोटो हो गए यहाँ पे तो अब आप लोग आठ फोटो अपना एड कर लेना तो अपना एड करोगे तो उसके बाद यहाँ पे कंफर्म दिख रहा आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा एट और एट लिखा हुआ तो आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर देना है तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका ठीक है तो इसको हटाने के लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक करना और वॉच वीडियो देखना तो यहाँ पर हम लोग वाच वीडियो पर जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद एक ऐड आएगा उसके बाद ये एड जैसे ही ख़त्म होगा तो आपका वीडियो पूरा रेडी हो जाएगा ठीक है तो अब ऐड खत्म हो लेते हैं उसके बाद आप लोगों में मिलता मिलता तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है एड खत्म हो चुका है रिवार्ड ग्राउंडेड लिखा है इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है उसके बाद हर आप देख सकते हो अब आपका वीडियो पूरा रेडी है छुड़ेगा आप लोगों को यहाँ पर क्लोज पे क्लिक करिए क्लोज कर देना है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है प्लीज वेट वाइल एक्सपोर्टिंग और यहाँ पे हो चुका है एक्सपोर्ट ठीक है आपका वीडियो यहाँ पे पूरा रेडी है